हलो दोस्तों अस्सलाम असलम वरहो व वरकू दोस्तों आज हम एफआरपी के बारे में बात करेंगे मॉडल है जे फाइफ है तो दोस्तों इसे हम तीन स्टेप में तकसीम किए हैं बांटे हैं स्टेप वन होगा कि जो है जिसमें हम आपको चेक करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है असल में और स्टेप टू होगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसका सोलूसन क्या है और इस्टेप थ्री में हम आपको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम आए नहीं उसका तरीक़ार क्या है उस पर कैसे अमल किया जाए तो इस्टेपोन ये चल रहा है दोस्तों हम आपको चेक करवा रहे हैं कि देखिए इसमें गूगल लॉक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है तो इसे हम आगे की तरफ ले चलते हैं और टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक किया चेकिंग कर रहा है और सॉफ्टवेयर अपडेट पर और ये लेकर गया उसके बाद आप जो है प्ले स्टोर का जो है अपडेट हो रहा है चेकिंग इन्फो यानी आपका जो गूगल अकाउंट है वो चेक किया जा रहा है कि असल में ये होता क्या है बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं और जब मोबाइल वगैरह लेते हैं तो उस वक्त कोई जानकार लड़के को दे देते हैं और वो गूगल आईडी और पासवर्ड बना देता है और फिर बाद में जब दिक्कत आती है तो ये परेशान हो जाते हैं जब फॉर्मेट होता है हैंग करता है या सॉफ्टवेयर वगैरह डलता है तो दोस्तों आपने देखा अब आइया अब स्टेप टू इसका सोलूशन क्या है हम इसकी तरफ चलते हैं सबसे पहले आप मोबाइल को ऑन कर लें ऑन करने के बाद दो उगली ये देखें दोस्तों दो उगली आप स्क्रीन पर रखें स्क्रीन पर रखने के बाद उस वक्त तक रखे रहें जब तक कि इसके अंदर जो है कोई ऑप्शन नहीं आ जाता है अभी आप हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ऑप्शन आएगा स्टेप बाय स्टेप समझिएगा बड़े आसानी से इसके अंदर एक्सेसिबिलिटी देखिए ऑन हो गया है आ गया अब इसे आप एग्जिट कर दें एग्जिट करने के बाद आपके सामने फिर वही इंटरफेस शेस आ गया मगर आपको यल बनाना है सिर्फ सादे स्क्रीन पर आपको यल बनाना है उसके बाद आपको सेटिंग्स में चले जाना है अच्छा अभी तक आप दो क्लिक करते थे तीन क्लिक करते थे तब जाकर आप ऑप्शन वगैरह पर जो है खुलता था ओपन होता था लेकिन अब आप टेल के बैक को हटा हटा दें इस हटाएँगे कैसे वाइलोम अप और डाउन एक साथ दबाएँ दबाने के बाद ये इंटर जो है पप खुलेगा या मैसेज आएगा अब इस मैसेज को आप ओके okay कर दें एक मरतबा दबाएं और फिर दो मरतबा दबाइए ओके okay हो गया अब सिंगल क्लिक क्लिक पे आ गया सिंगल क्लिक पे आ गया तो स्क्रॉल डाउन करते हुए आप नीचे की तरफ आएँ जो लिखा हुआ टर्म्स ऑफ सर्विस अच्छा उस पर क्लिक करें ब्राउज़र पर चले जाएं ओपन विथ के ब्राउज़र पर चले जाएँ एक बार ध्यान रखें क्राम में ना जाएँ बल्कि ब्राउज़र जो इसके अंदर इंटरनल आता है उसके अंदर जाए आप जो कंपनी का होता है अच्छा आप उसके अंदर अब आप इंटरनेट को इसमें ऑलरेडी जॉइंट कर चुके हैं जो है वाईफाई के द्वारा शुरू शुरू में तो आप ब्राउज़र के अंदर लिखेंगे गूगल अकाउंट मैनेजर जी डबल ओ जी एल ए गूगल ठीक है ये मैं लिख रहा हूँ और आप देखिए इसे गूगल अकाउंट मैनेजर अच्छा मोबाइलों के अंदर वर्ज़न होता है अंड्राइड वर्ज़न तो जो भी वर्ज़न है आप पहले उसको सर्च कर लें या जानते हो तो उसे भी डालें इसके अंदर गूगल अकाउंट मैनेजर कौन सा वर्ज़न अंड्राइड वर्ज़न 5.1 है कि या 6.0 है 6.1 है 7.0 है 8.1 है या जो है टेन है ये कौन सा है ये आप जिसे मैं ये डाल रहा हूँ 5.1 apk यानी अप्लीकेशन अब ये हमें सर्च किया सर्च करने के बाद देखिए पहले ही जो है वेबसाइट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ पहले ही वेबसाइट पे हमने ये क्लिक किया है और ये ओपन होगा असल में ये काम क्या करता है ये हमारे ईमेल आई को जो पहले से डाला हुआ होता है उसे हेडल कर देता है उसे रोक लेता है Google Account Manager 5.1 Android Version ठीक है ना अब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएँ डाउनलोड का ऑप्शन ये रहा इस पर क्लिक कर दें अब ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा अभी आपके सामने आएगा कि स्टार्ट हो चुका है ये डाउनलोडिंग बिल्कुल इजी है दोस्तों एक दो ही एप्लीकेशन डाउनलोड करना स्टार्टिंग डाउनलोड तो ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है अच्छा ये डाउनलोड हो रहा है जब तक कि हम फिर पीछे चलते हैं यानी बाइक चलते हैं आप हिस्ट्री में जाएंगे बुकमार्क में जाएंगे डाउनलोडिंग हिस्ट्री आप देखेंगे तो उसके अंदर ये देखिए डाउनलोड हो रहा है लेकिन अभी हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे बल्कि एक और एप्लीकेशन हम पहले और डाउनलोड कर लेते हैं जिसका नाम है क्यूक शॉर्टकट अब उसी ब्राउज़र में हम लिखेंगे क्य शॉटकाट ठीक है तो अभी आप देखेंगे बल्कि मैं अपेक्स जा रहा था डाउनलोड करने लेकिन फिर क्यूक शॉर्टकट तो मैंने पहले बोल दिया तो फिर मैं क्यूक शॉर्टकट ही डाउनलोड करूंगा, और ये रहा क्यूब शॉर्टकट अब ऊपर वाले सबसे जो स्टॉल लिखा है उस पर क्लिक ना करें बल्कि उससे नीचे वाली जो वेबसाइट दिखाई दे रही है उस वेबसाइट से आप उस पर क्लिक करें ये अप टू डाउनलोड की वेबसाइट है और लेटेस्ट वर्जन भी प्रोवाइड करते हैं काफ़ी बढ़िया तो आप उस पर लेटेस्ट वर्जन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखेंगे कि लेटेस्ट वर्जन ये लिखा हुआ है अच्छा अब ग्रीन कलर का एक डाउनलोड का आइकॉन होगा आप उस पर क्लिक करें ग्रीन कलर के इस आइकॉन पर क्लिक करने के बाद ये भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और बस ये दो अप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें और इसे इंस्टॉल करना होगा आपका एफ आर पी अनलॉक हो जाएगा आप कोई भी गूगल अकाउंट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अब ये देखिए हमने दोनों को डाउनलोड कर लिया लेकिन सबसे पहले हम अगर इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने ये गूगल अकाउंट मैनेजर को ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि पहले क्योंकि शॉर्टकट इंस्टॉल नहीं करना है और ये आर्थोराइज कर रहे हैं हम ताकि इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉलेसन का ऑप्शन आ गया है और इंस्टॉल ये है परमिशन मांग रहा है और इंस्टॉलिंग ये शुरू हो गया सबसे पहले आपको गूगल अकाउंट मैनेजर ही इंस्टॉल करना होगा अगर ये इंस्टॉल हो गया नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइएगा कि कोई दूसरा ड्राइड वर्ज़न है हमारा अब आप क्यों शॉर्टकट को इंस्टॉल करें अच्छा उस पर आपको ओपन का ऑप्शन नहीं दिया था ओनली डन दिया था लेकिन इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन भी देगा और डन भी देगा यानी दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएगा दोस्तों ये देखिए ओपन का ऑप्शन आ गया अब इसे ओपन कर लीजिए वेरी सिंपल कुछ नहीं दो अपलिकेशन और बस गूगल अकाउंट मैनेजर के अंदर आपको जाना है क्योंकि शॉर्टकट में ऊपर लिख लिख भी सकते हैं गूगल अकाउंट मैनेजर और नीचे जिस तरह मैं कर रहा हूँ ये इस्क्रॉल डाउन करते हुए आप नीचे भी आ सकते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है अच्छा गूगल अकाउंट मैनेजर हो गया अब इसके अंदर आपको देखना होगा कि गूगल अकाउंट मैनेजर लिखा हुआ उसके नीचे जो है ई मेल एंड ट्राई लिखा हुआ होगा ई मेल अब ट्राई पे क्लिक करना है और जो ऊपर .3. दिख रहा है .3. ये मैंने हाईलाइट कर दिया इस पर आपको क्लिक करना है और साइन इन करना है दोस्तों बस इतना सा काम है इससे आगे कोई काम अब नहीं है बस आपको साइन इन कर देना है अब यह आपको साइन इन पर लेके जाएगा आप कोई भी जीमेल आप डाल दीजिए दुनिया का जो भी आपके पास जीमेल मौजूद है आप उसके अंदर आप जीमेल वही डाल दीजिए अच्छा अगर मौजूद नहीं है किसी के पास कोई अकाउंट नहीं है तो नीचे दोस्तों क्रिएट का भी ऑप्शन है क्रिएट कर सकते हैं आप नया ईमेल आईडी उसके अंदर बना भी सकते हैं क्योंकि मेरे पास था ई तो मैं ई अपना डाल देता हूँ एक नॉर्मली ई हमने बना के रखा है इसी तरह इसी इसी के लिए तो ईमेल आईडी वो मैंने डाल दिया और ये मैंने पासवर्ड भी डाल दिया और इसे साइन इन कर दिया अब ये साइन इन होगा तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा ये देखिए दोस्तों कट गया बस सैम्पली आपको रिस्टार्ट कर देना है मोबाइल और कुछ भी नहीं करना है ये हो गया प्रॉब्लम का सलूशन अच्छा प्रॉब्लम आए नहीं इसके लिए क्या करें अब आइए स्टेप थ्री की तरफ जब भी आप मोबाइल नया लें या किसी सेकेंड हैंड लें तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो ईमेल आईडी और पासवर्ड ये दोनों चीज़ आप लिख कर के रख लें दोस्तों ईमेल आईडी और पासवर्ड जो पहले डलता है वो इतना ज़रूरी होता है आप अभी तो ये जे फाइव जे, 6, जे 7, ये आप तो विदाउट पी सी वगैरह भी आप इसे कर सकते हैं एफ आई एफ आर पी रिमूव यानी गूगल अकाउंट मैनेजर को रिमूव कर सकते हैं उसे हटा सकते हैं लेकिन आप जब ऊंचे मॉडलों में चले जाएंगे सैमसंग के हो या और कोई मॉडल हो आप ऊंचे मॉडलों के अंदर जब जाएंगे तो जैसे ओप्पो ए फिफ़्टी है अगर उसका पैटर्न भूल गए आप तो तकरीबन तीन से चार हज़ार रुपये लगेंगे दोस्तों तीन से चार हज़ार रुपये लगेंगे उसको तोड़वाने के सिर्फ़ पैटर्न तोड़ने के तीन चार हज़ार लग जाएंगे तो इस चीज़ का आप लोग खासा ख्याल रखें इस चीज़ का कि जब भी आप लोग मोबाइल लें तो ईमेल आईडी आई डी चूँकि फौरी तौर पर आप जो है प्ले स्टोर चालू करना रहता है और प्ले स्टोर से हम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे व्हाट्सएप फेसबुक आइमो ये सारी चीज़ें हम वहीं से डाउनलोड करेंगे तो दोस्तों जो है इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप ई मेल जो भी किसी से बनवाएँ उसको लिखवा लें यानी यूज़र नेम और पासवर्ड जी करके होता है और पासवर्ड जो चूज़ करके बनाया जाता है अभी ये मोबाइल रिस्टार्ट हो चुका है और इसे चेक कर रहे हैं हम ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट किए तो ये अकाउंट एडेड बता दिया यानी कि अकाउंट एड हो चुका है अब इसे हम पूरा खोल करके भी आपको दिखा देते हैं ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस्कीप मोर मोर मोर करते जाएं नेक्स्ट पर क्लिक करें उसके बाद फिर ऑप्शन देगा आपको सैमसंग के कुछ ऐप्स का स्कीप इस, कर दें स्कीप एनी कर दें इसे और फिनिश कर दें ये आपका मोबाइल ओपन हो चुका है ये देखिए दोस्तों पूरी तरह ये ओपन हो चुका है तो अगर जी फाइव मोबाइल आपके पास भी है और गूगल अकाउंट लगा हुआ है एफ लगा हुआ है तो आप इस तरह से उसे रिमूव कर सकते हैं लेकिन बेटर होगा बेहतर होगा जो भी आप ईमेल आईडी बनवाएं या बनाएं उसे आप लिख करके रख लें कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी थैंक्स फॉर वॉचिंगल्क वरह वा